आज भाई जीतना है भाई यार ये रैंडम भाई तो कस्टम में कैसे नाम से ज्वाइन करता है आज क्या जैसे आज अल्ले भाई मरा भी नहीं भाई बंदा भागो भागो और भाई क्या डॉज किया आजा एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो यार बार बार कहते रहता हूँ बट ठीक है डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो मज़ा आएगा सर्वर में यार ये ये गेम का नाम ना स्मैश कार्ड है स्मैश कार्ड बढ़िया गेम है अच्छा अच्छा अरे यार मरा नहीं भाई बंदा छी भाई भाई क्या डॉच किया भाई नाम ब्लर प्लीज क्योंकि डीमोनेटाइज कर देगा भाई वीडियो मोनेटाइजेशन है काम मोनिटाइजेशन डीमोनेटाइज करेगा गजब बेच जाती है <laughs> आ जाओ भाई आ, जा। आ जा ना भाई डरता हूँ क्या भाई मैं भाई पिंग बहुत ज्यादा जा रहा है पिंग कसम से आसमान छू रहा भाई ये ले ओपी क्या मारा है भाई इतना इतना प्रो गेम पे अगर तुम लोगों ने नहीं दिखाना ना गु खा लो लॉ अच्छा अच्छा अच्छा अरे यार थोड़ा जल्दी कर दिया वा भाग भाग भाई भाई ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया कस्टम अपन खेलेंगे भाई स्मैश कार्ड के तो कस्टम खेलेंगे मज़ा अरे भाई ओ पी बोलते कॉपड़ी बोलते हाँ मेरे को मारेगा मेरे को मारेगा इतना इतना दम हो गया भाई तेरा हाँ एंड सोनो नाम रिवील दैट इज़ वाई इसका नाम ये है और अरे यार हट थोड़ा सा डीले हो गया रुक जा भाई लगा ही नहीं भाई बुलेट ही नहीं लगी उस बंदे को सुन ओए बाबा भाई मेरे पीछे है भाई बंदा मेरे पीछे है इधर से आएगा तुझे इधर से ठोकूंगा आजा आजा आजा आजा आ आजा आ जा भाई दूसरा कस्टम चल रहा है और ये वापस वही हरकत कर रहा है बहुत बुरा हारता हुआ फाइव टू फोर द रेशो गोजॉन अच्छा चल रहा है भाई इसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगा वन मेरे को बहुत कोड़े मारेगा ठीक है अभी थोड़ा नया नया कंटेंट ट्राई करे ऐ मेरे को मारेगा ऐ तो मिलता है अगली वीडियो में हो दोनों का ये कॉन्टेंट अच्छा लगा कस्टम रूम अगर कहना है ना डिस्कॉर जल्दी ज्वाइन करो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के गुड बाय